दोस्तों कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे तो दोस्तों आज हम रेडी होकर कहीं जा रहे थे ये देखो हमने खाना भी पैक कर लिया था इसमें राइस थे हमारे चावल और इसमें भी रोटियां थी सिल्वर फ्रॉइल में लपेट रखी वैसे तो क्योंकि इसमें रखी और इस टिफन में थी कढ़ी इसमें कढ़ी थी हम जा रहे थे कहीं पिकनिक पर तो जाना कैंसिल हो गया तो कल जाएंगे, कल का दिखाएंगे आपको आज के बहुत में बने रहिए। है तो हम खाना खा लेते हैं मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद पिकनिक आज की यहीं है घर पे ही बेड पे ही और कल की होगी कहीं और क्या करना है हाँ <laughs> अभी क्या बोल रहे थे <laughs> इसको बंद कर दो ये देखो टिपन बंद दे है उसको बंद क्या करना है नहीं ये शेर ने खोला ये देखो राज मेरी कड़ी देखो गाइस कड़ी मैंने बनाई है कितनी लाजवाब बनी है देखो पकौड़े हैं देखो कैसी लग रही है खुशबू बहुत सियारी खा लेते फटाफट से भूख लगी बहुत जोर से Guys, हमने अभी खाना खा लिया है खाना खा के सीमा लेट गई है अब हम भी थोड़ी देर आराम करते हैं उसके बारे में जाना है बारह सेक्टर कोर्ट तो कोर्ट में थोड़ा बहुत सा काम है आधार कार्ड में नंबर लिंक कराना है सीमा के में तो थोड़ी देर मिलते हैं आपको आराम करने के बाद हो गया यहाँ पे हम लोग बाहर जा रहे थे और ये देखो गेट लॉक हो गया खोल ही रहा है और मैन गेट भी लॉक है हम सब लोग यहीं फंसे पड़े हैं ये खोलने में लगे ये टूट टूट जा रही है हाँ? ये देखो ये अंकल या भी यहाँ पर फंसे पड़े तीनों लोग हम यहीं पे हैं बाहर कोई भी नहीं है बहुत दिक्कत हो रही है खड़े हो बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं वो तो हम नीचे आए इसलिए हमें पता चला वरना अंकल परेशान हो रहे थे अकेले गेट इतना हो गया है कि ये <laughs> देखो खुल गया <laughs> अंकल गुस्सा दिखा रहे हैं उसमें <laughs> अंकल गुस्सा दिखा रहे <laughs> <गुछा दिखा> हैं <laughs> पसीना हो गए सब लोग अंकल <laughs> चलो खुल गया अब हम लोग भी निकलते हैं हैं हैं जा रहे हैं। हम लोग आ चुके कोर्ट के पास बहुत है दिमाग खराब हो रहा था उसमें ये मत पूछो बहुत बहुत दिक्कत हो रही थी भाई अभी हम कोर्ट में आए थे कोर्ट का थोड़ा काम था वो तो हो गया है अब हम जा रहे हैं बैंक में पंद्रह सेक्टर बैंक में जाते हैं कि बैंक में देखते हैं कितना पैसा आज बैंक खाली कर दूंगा सारी एक भी पैसा नहीं है वो तो लिंक जा रहे हैं आधा कार्ड लिंक कराने जा रहे हैं बैंक में देखते हैं कितना पैसा है उसके बाद क्योंकि सकूल का अकाउंट है ना तो कब तो चेक करना पड़ेगा कितना क्या है सब देखते हैं हम लोग पंद्रह सेक्टर पहुँच गए हैं मैन रोड पे उतारे गए थे एच ऑटो वहीं तक जा रहा था अब यहाँ से थोड़ी दूर हम पैदल जाएँगे आप बहुत सालों बाद जा रही मेरे स्कूल का बैल था तीन चार साल हो गए मेरे स्कूल छोड़े हुए दो हज़ार चौदह में मैंने छोड़ दिया था स्कूल तो तब का अकाउंट खुला हुआ दो हज़ार का अकाउंट खुला मेरा दो में मैंने स्कूल छोड़ दिया था अब उसके बाद दोबारा जा रही हूँ उसी बैंक में मेरा स्कूल का मतलब बैंक खुला हुआ था खाता देखते हैं वहाँ से क्या क्या है मतलब बैंक दोबारा देते ही देती कितना अच्छा लग रहा है ना मंदिर हम लोग पंद्रह की मार्केट पहुंच गए हैं देखते हैं बैंक किधर है आई डोंट नो मुझे पता नहीं है किधर है बैंक ढूंढने से तो भगवान ही मिल जाते हैं बैंक ही मिल जाएगी भगवान तो भगवान मिल जाते। काम है भाई हम जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया फाइनली नहीं <laughs> <laughs> <क्या> है <laughs> काम होने का नाम ही नहीं ले रहा है क्योंकि बैंक ही बंद है बैंक बंद है उड़ गई से हमेशा के लिए बंद है ना नहीं नहीं बैंक हटा दी गई यहाँ से <laughs> क्योंकि आठ साल बाद आ रहे हैं मैडम जी <laughs> बैंक में तो हटा ही देगा भाई पता थोड़ी रहता है कब कान कहाँ चले जाए तो इसलिए हम जा रहे हैं घर पे और कुछ बोलना चाहोगे क्या, क्या बोलना चाहेंगे? तो गर्मी बहुत और ही ऑटो मिलने रहे हैं हम पैदल जा रहे हैं आज की वीडियो को बस यही एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय